हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो अपन आज बात करते हैं अगर आप लोगों की नींद सुबह जल्दी नहीं खुल पाती है तो ये टिप्स जरूर अपना है पहली टिप्स आप सुबह अलार्म सेट करो तो वो हमेशा अपने से दूर रखिए होता क्या है, पास रखते है तो अपन बार बार उनको बंद कर देते हैं हो सके तो अलवारी के बिल्कुल टॉप ऊपर रखिए या सबसे बेस्ट तरीका है जो मेरी नजर से आप हमेशा पलंग के नीचे रखिए हाँ सुबह सुबह झाड़ू जरूर लग जाएगी लेकिन आप जरूर उठ जाएंगे बस एक बार करके देखिए दोस्तों मेरी सेकंड टिप ये है कि अपने सोने का समय तय करें और सबसे इम्पोर्टेंट अपने सोना बाबू का समय तय करें मतलब देर रात तक ना जाएंगे और हो सके तो जब भी आपको उठना हो उससे लगभग छह सात घंटे पहले अच्छे से सो जाएं अब लास्ट टिप्स है पानी हाँ जब भी आप रात को सोने जाएं उससे पहले एक से दो गिलास पानी जरूर पिए होता क्या है इससे आपको सुबह टॉयलेट आएगी और आप तुरंत खड़े हो जाएंगे और आपका भी आत्मविश्वास बढ़ जाएगा थैंक यू